पापा कार के चाबी दो तो कॉलेज जाना है फंक्शन है क्यों पापा दस लाख की कार में जाऊंगा तो शान बढ़ेगी अच्छा बेटा अच्छा ये बात है ये लो दस रूपए और तीस लाख की बस में जाओ ज्यादा शान बढ़ेगी